मैं बहुत खुश हूँ मेरी शादी होगी लेकिन मैं दुखी भी हूँ क्योंकि मेरी पत्नी से कौन कहेगा बहू ओ बहू बहू जा चाय बना बहू जा खाना बना कौन कहेगा मम्मी कौन कहेगा <laughs> मेरी पत्नी किसके चुगली करेगी तेरी मम्मी वैसे तेरी मम्मी ऐसी सासू माँ ऐसी सासू माँ वैसी <laughs> किसके बारे में कहेगी अब शादी करा रहे हो तो जल्दी कर दो मुझे भी थोड़ी जल्दी है हेलो हाँ पंडित जी नमस्ते कोई लड़की है तो बताओ शादी करनी है अरे मेरे लिए नहीं मैं तो दो दिन बाद शादी करूँगा बिट्टू के लिए लड़की ढूँढ रहा हूँ उसकी शादी करनी है कोई लड़की नहीं है अरे कोई तो होगी भिखारी खानदान की है भीख माँगती है कोई बात नहीं चलेगी लूली लंगड़ी भिखारी सब चलेगी आज ही शादी करनी है लड़की और उसके घर वालों को भेज दो